हेलो दोस्तों आप सबका मेरे फर्स्ट मिनी ब्लॉग में स्वागत है आज मैं जा रहा था नौवा के पास बाल जो है कटवाने वहाँ के अरे सिर के यार और कहीं के नहीं और मैं माँ का आशीर्वाद लेके निकल पड़ता हूँ चाचा जी के साथ जाते हुए मैंने देखा कि एक प्यारा सा बच्चा कलिंदा खा रहा है अरे वाटर मेलन यार तो अब हम अपनी धनों ऐसी जा रहे है नौवा भैया के पास बाल कटवाने के लिए बाल काटने के बाद नौवा भैया ने मेरा फेसियल किया फिर इतनी जोर ऐसी उन्होंने मेरा मुंह पूछा मानो उनको बहुत जोर की लगी हो फिर उन्होंने मेरा बार बनाया अरे सॉरी बाल बाल भाई बाल इस लास्ट में भैया जी ने कुछ लगाया और हम जा रहे घर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो लाइक करो और कमेंट करो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय